दोस्तों आप अपनी सेविंग में से कितना खर्च करते हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं है बल्कि आप अपने खर्चों में से कितनी बचत करते हैं ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसलिए बचत करने के प्रिंसिपल को समझी और बचत को हल्के में ना नाले बचत का पैसा वह पैसा होता है जो आपके एमरजेंसी में आपका साथ निभाता है तो चलिए शुरू करते हैं कि पैसा कैसे बचाए नंबर एक आज से ही सेविंग करने की आदत डालें दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनका बचत सेविंग से ज़्यादा फोकस खर्च करने पर होता है अगर आप सचमुच में पैसा बचाना चाहते हैं तो इसकी शुरुआत आपको आज से ही करनी होगी एक कहावत भी है अगर आज आपने पैसे को बचा लिया तो कल तुम्हें पैसा बचा लेगा कहने का मतलब ये है कि आज आपके द्वारा बचाए गए पैसे आपके मुसीबत समय में काम आ सकते हैं तो आपको अपनी इनकम का पंद्रह से बीस प्रतिशत हिस्सा जरूर बचाना चाहिए नंबर दो बजट तैयार करें हमेशा बजट बनाने का फोकस करें आप ये तो जानते ही होंगे कि महीने के अंत में आपका और आपके परिवार का किन चीज़ों में कितना खर्चा होता है इसलिए महीने का एक पूरा बजट तैयार करें और सैलरी मिलते ही सबसे पहले एक हिस्सा उनके लिए निकाल लें जिनमें आपका सबसे ज़्यादा खर्च होता है बजट बनाने से आपको ये फायदा होगा कि किन किन चीज़ों पर कितने कितने पैसे खर्च करने हैं और ये आपको पता चले चलेगा इससे आप अपनी इनकम का भी सही से यूज़ कर पाएंगे नंबर तीन अपने बैंक अकाउंट में पैसा जरूर रखें अक्सर क्या होता है कि पैसा अगर आपकी जेब में है तो जल्दी खर्च हो जाता है इसलिए ज़रूरत के अनुसार ही अपनी जेब और पर्स में पैसा रखें बाकी के पैसों को आप अपने सेविंग बैंक अकाउंट में जमा करवा दें इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपकी फिजूल खर्चे भी बचेगी और सेविंग अकाउंट पर जमा पैसों पर आपको ब्याज भी मिलेगा आजकल बैंक में तीन से छः परसेंट तक का ब्याज मिलता है इस तरह से आपका पैसा बैंक में जमा होता रहेगा और आप उसको बीच में खर्च करने से बचा पाएंगे नंबर चार अपनी बुरी आदतों को छोड़ें अगर देखा जाए तो बहुत लोग अपनी बुरी आदतों से बहुत सा पैसा खर्च कर देते हैं जो कि सही नहीं है इंसान अपनी आदतों की वजह से जैसे कि शराब पीना सिगरेट गुटखा, पान मसाला तथा जुआ आदि में बेफिजूल पैसा खर्च कर देते हैं अगर इंसान शराब सिगरेट आदि में रोज़ का यदि सौ रुपये भी खर्च करता है तो ये महीने का फिजूल खर्च तीन हज़ार रुपये हो जाता है और अगर पूरे साल का देखें तो छत्तीस हो जाता है जो कि एक चिंता का विषय है दूसरी ओर इन बुरी आदतों से मनुष्य के शरीर पर भी नेगेटिव प्रभाव पड़ता है और इससे उनकी बीमारी पर भी खर्चा बढ़ जाता है तो इन फालतू के खर्चों से बचें और सेविंग की आदत जरूर डालें नंबर पाँच अपने घर के सामान की अच्छे से देखभाल करें अगर आपको पैसा बचाना है तो आपको अपने घर के पुराने सामान जैसे टीवी, फ्रिज मोबाइल कूलर आदि अच्छे से देखभाल करने पड़ेंगे ताकि आपको इन चीज़ों को बार बार खरीदना ना पड़े अगर इनमें खराबी हो जाती है तो आप इन चीज़ों को फिर से ठीक कर लें यदि आप इन चीज़ों को नए खरीदते हैं तो इन पर आपको काफ़ी पैसा खर्च करना पड़ेगा जिससे आपकी बचत प्रभावित होगी यदि आप अपने घर की चीज़ों की अच्छे से केयर करते हैं तो इससे आपको पैसों की बचत होगी नंबर छः बचत की बिजली की बचत करें यदि आप बिजली की बचत करते हैं तो आप हर महीने अच्छे पैसे कमा सकते हैं आप बिजली बचाने के हेतु काम एनर्जी वाले उपकरणों का यूज़ कर सकते हैं तथा टीवी तथा टीवी कूलर आदि भी जब जरूरत ना हो तो इनको बंद कर दें इस प्रकार आप बिजली की बचत करके पैसे बचा सकते हैं नंबर सात क्रेडिट कार्ड का यूज़ कम करें बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो क्रेडिट कार्ड का यूज़ सोच समझकर नहीं करते हैं और अननेसरी फिजूल खर्च करते रहते हैं जब भी आप कोई सामान खरीदते हैं मार्केट में जाएं तब जितना जरूरी हो उतना ही कैश रखें इससे आप अनसरी खर्च से बच जाएंगे क्योंकि कैश आपके हाथ से होकर निकलता है और इसमें फिजूल खर्ची नहीं होती है वहीं अगर आप क्रेडिट कार्ड साथ रखते हैं तो इसमें फिजूल खर्ची की संभावना बढ़ जाती है तो कहने का मतलब है कि आपको पैसा बचाना है तो क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कम करें सो so, दोस्तों ये हैं कुछ टिप्स पैसे को बचाने के इन टिप्स को फॉलो करके अपने जीवन में पैसे बचा सकते हैं और अमीर बन सकते हैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेलाइकन को प्रेस करना मत भूलिए धन्यवाद